जमुना का किनारा अपना है हर एक नजारा अपना है वो भूल भुलैया अपनी है वो कुतुब मीनारा अपना है टुकड़े टुकड़े की मत सोचो सारा का सारा अपना है पंद्रह अगस्त का लाल किला वो अभी तो हमारा अपना है तुमने जो बनवाया है उसको कब गिनवाओगे बताओ क्या क्या झुठलाओगे क्या क्या झुठलाओगे तलवार उठाए हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए सहनाई छोली होटो से तो हम बिस्मिल्ला खान हुए संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए सरहद की हिफाजत के खातुर अब्दुल हमीद उस्मान हुए जहांगीर बने हम तो इंसाफ सिखाया है हमने अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने जब कर्मावती ने बस रक्षा वाला एक धागा भेजा था तब बनकर के हुमायूं बहनों की लाज बचाया है हमने